अरे बात रहना छोड़ो के, के देखेरे स्टाइल मारेना कभी हाय गेना कभी बाइक रहना छोड़ो के दखेरे गठाए चलेना कहेना कभी बाय कहेना छोड़ा के देखेरे स्टाइल मारेना कोई तो जींस वाली देता कोई तो साड़ी वाली नवा नवा नवा नवा फैशन फैशन जलवा जलवा ना ना कोई तो वाली कोई तो वाली गुमला में देखो रे बाजार घूमे ना घुमा में देखो कभी हाई कहे ना कभी बाय कहना छोड़ा के नखिर गया कभी हाय कहे ना कभी बाय कहना छोड़ा के नखिर लंबा लंबा बाल गजा डांगा ना जुगदार चल संचालना बोआ लंबा लंबा बाल गजा डाल जुगदार चली संचाल की ना बोआ ना, कभी बात गहना थोड़ा के नखिर गई चलेना कभी भाई गहना कभी बात गहना थोड़ा के नखिर ग चलेना तो रे छोड़ी देखी तू कर दिल मन सुनी तो रे छोड़ी देखी तू कर दिल में देखो छोड़ी रे बाजार घूमे गुला में देखो तो बिहार केहना कबीर बाई कहना छोड़ो के दखिल गा तो बिहार केहना कबीर बाई कहना छोड़ो के दखिल ग झाइ चलेना